आज दोस्तों हम आपके लिए बताएंगे कि आप अपने अपने डिजी लॉकर से राशन कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं इसका हम पूरा प्रोसेस आपको पूरी तरीके से करके दिखाएंगे क्योंकि इसके पहले भी हमने डिजी लॉकर में कई ऐसे डॉक्यूमेंट आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से डाउनलोड किए जाते हैं तो चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना औरिजिनल राशन कार्ड किस प्रकार से आप डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर डिजी लॉकर डाउनलोड करना होगा डिजी लॉकर डाउनलोड करने के बाद आप ये देख सकते हैं इस डिजी लॉकर पर क्लिक करना है डिजी लॉकर पर क्लिक करने के बाद आप डिजी लॉकर के अंदर लॉगिन हो जाएंगे लॉगिन होने के बाद अब आप यहां पे देख सकते हैं ईशू डाक्यूमेंट इस ईशू डाक्यूमेंट में आपने अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट ईशू कर चुके हैं वो यहाँ पर सब लग जाएँगे तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्लोर मोर पे इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने प्रांत में आकर के जो भी आपका प्रांत लगता हो वो प्रांत पे आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड तो इसके लिए आप ये देखिए फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड में नाम है वो नाम आ जाएगा और उसके बाद राशन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आप ये नीचे देख सकते हैं कॉलम में सिलेक्ट डिस्टिक यहाँ पे आपको अपने स्टेट में जो भी आप डिस्टिक्ट में रहते हो जो भी आपका ज़िला हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और डिस्टिक सेलेक्ट करने के बाद गेट डाक्यूमेंट इस गेट डाकूमेंट में आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे राशन कार्ड ये अब फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से फेसिंग हो रहा है और उसके बाद ये आपको राशन कार्ड डाउनलोड हो करके इसी सीरीज़ में नीचे लग जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये राशन कार्ड डाउनलोड हो करके ये नीचे की ओर आ चुका है तो अब आप इसको ओपन करके देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों ये राशन कार्ड आ गया है और आने के बाद ये आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्यों के नाम हैं वो सारे सदस्यों के नाम यहाँ पर सोकर जाएँगे और कुछ कुछ मोबाइलों में ऐसा भी हुआ है कि जो राशन कार्ड हिंदी से सपोर्टेड है तो हिंदी लैंग्वेज नहीं सपोर्ट कर पा रहा है और कुछ कुछ में हिंदी इंग्लिश दोनों लिख करके आ रहा है तो ये आप अपने हिसाब से इसको फिर से रिफ्रेश करके डाउनलोड करके देख लीजिएगा हिंदी में भी आ जाएगा तो अभी आपको मैं बता दूँ कि अभी यहाँ पर केवल इंग्लिश सपोर्ट ही कर रहा है तो बाकी दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों